दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अनाथ सागर देखने अनाथ सागर देखेंगे अभी उसके बाद बोटिंग करेंगे अनाथ सागर ये बगल में है इससे बहुत ज़्यादा मच्छी उच्छी रहता है अजमेर अज दरगाह घूम लिया अभी अनार सागर में जा रहे हैं हम लोग देखने दोस्तों आपको यहाँ इतना मच्छी दिखाएंगे ना आपने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा मैं कभी तो इतना मच्छी देखा ही नहीं जितना यहाँ आप मच्छी दिखने को आज मिला मुझे पहली बार देखा इतना मच्छी तो मैं बता दूँ इतनी मच्छी पहले कभी नहीं देखा मैं जितना आज देखा मच्छी है इससे ज़्यादा पहले कभी नहीं देखा इतना मच्छी तो हमारे गांव में कभी तालाब में देखा ही नहीं हमारे गांव में होगा भी तो आदमी इस पे जाल पकड़ने के लिए जाल लेके आ जाएगा पकड़ने के लिए यह जो है ना बहुत एकदम देखने में लाजवाब लग रहा है एक बार आके देखोगे ना बहुत बढ़िया लगेगा आना सागर है ये अभी बोटिंग करेंगे इसमें अगला वीडियो में इसको आपको भी दिखा देंगे बोटिंग जिसमें करेंगे मच्छी देख रहे हैं ये कितना ज़्यादा मच्छी है एक ही बार में कम कम दस के मच्छी आ जाएगा जाल में और जाल लगाए तो मुझे तो मन करता है उतर जाओ लेकिन क्या करें ये नहीं पकड़ सकते है ना क्योंकि ये मच्छी बहुत ज़्यादा ये आना सागर है और अजमेर में और ये